हमने सच क्या कहा हमारी बोली सबको खलने लगी हमें इश्क क्या हुआ शहर में हमारी बात भी चलने लगी उम्र भर की मशक्क़तों में जीवन की सांझ ढलने लगी रात से ठंडक जो मांगी उसकी चांदनी भी चलने लगी जो हाथ खाली हो गए सारे रिश्तों की डोर फिसलने लगी उन गहरे नातों की गहराई में कूटनीतियाँ भी पलने लगीं